तू इस तरह जिंदगी में आती है तू इस तरह जिंदगी में आती है लम्हा लम्हा में समा जाए। है सोचता हूँ तुझको हर घड़ी सोचता हूँ तुझको हर घड़ी और तू सामने नजर आ जाती दिल को मेरे है ये यकीन दिल को मेरे है ये यकीन भले तू दूर मुझसे होकर अनजान भले तू दूर मुझसे होकर अनजान पर तू खुद मेरी मोहब्बत नहीं सच